हेलो दोस्तों आज हम निकले हैं निकले हैं बनाने के लिए पहला व्लॉग अपना और ये हम बिल्कुल जंगल के बीचों बीच में आए हैं यहाँ पे हर चीज़ का खतरा है शेर भी हो सकता है हाथी भी हो सकता है लेकिन हम ख़तरे को दरकिनार करते हुए पहला व्लॉग अपना बनाने के लिए जंगल में आए हैं आई होप मैं आपसे तो उम्मीद करता हूं कि इस ब्लॉग को आप पसंद करना मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाता रहूँगा कि हम इस जंगल में चल रहे हैं और ये जंगल इतना मतलब कह सकते हैं कि इस जंगल में जंगली जानवर भी हैं और जो भी हो सकता है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जानवर सभी अगर दिख जाते हैं तो ठीक है नहीं दिखते हैं तो भी ठीक है हम ब्लॉग बनाने के लिए आए हैं और नानी दिखनी तो बढ़िया है इसमें <laughs> अगर दिखे तो फिर हमारा नुकसान हो सकता है तो दुआ तो यही रहेगी कि हमें जानवर नहीं दिखे और ये जो जंगल एरिया है ये काफ़ी देखो मैं आपको दिखाता हूँ काफ़ी दूर दूर दूर दू तक मतलब ये, ये एरिया पूरा जो है जंगल का है और ये यहाँ पे मतलब काफ़ी बड़ा एरिया है ये हम जिसको बन बोलते हैं उस एरिया में हम ब्लॉग बनाने के लिए आए हैं ब्लॉग शूट करने के लिए आए हैं और ये साथ में हमारा भतीजा हमजा आज इस मैं ऐसे लेके आया हूँ साथ में घुमाने के लिए मैंने कहा चलो आज ब्लॉग बनाकर आते हैं फर्स्ट वाला और देखो मेरे YouTube चैनल पर मैं ब्लॉग डालूँगा तो आप लोग भी देखिएगा और हो सकता है पहले ब्लॉग में कहीं ना कहीं गलती होगी ऐसा नहीं है कि हर चीज़ एकदम से बढ़िया नहीं बन पाती है लेकिन कोशिश ये रहेगी कि आगे जब बनाता रहूँगा तो बढ़िया से बढ़िया ब्लॉग आपके लिए पेश करूँगा आपके लिए बढ़िया से बढ़िया ब्लॉग बनाऊँगा अच्छी से अच्छी जगह दिखाऊँगा आपको और यहाँ पर जो है इसके पीछे ही फील्ड भी है एक काफ़ी बढ़िया फील्ड है और फील्ड के बराबर में ही मतलब जंगल जंगल में ही फील्ड बना हुआ है वो फील्ड में खेलने भी आते हैं हम सब <coughs> तो यहाँ पर शाम के टाइम भी आसपास जंगल में जानवर वानवर आ जाते हैं ज़्यादातर अधिकतर हाथी वगैरह आ जाते हैं यहाँ पर क्योंकि कुछ पेड़ों को खाना पसंद करते हैं हाथी जैसे रौनी का पेड़ हो गया वो हाथी को मीठा लगता है तो वो हाथी अधिक पेड़ खाते हैं <coughs> और हमने एक बार जंगल में देखे भी थे सात हाथी देखे थे कुछ ही दूर आगे कुछ ही दूर आगे सात हाथी देखे थे हमने और ये ये एरिया भी देखो ये इस एरिया में जिस एरिया में हम जा रहे हैं अभी जिस एरिया में हम जा रहे हैं यहाँ पर जिस एरिया में हम जा रहे हैं यहाँ हमने इस एरिया में यहाँ सात हाथी देखे थे पूरे हमने यहाँ पर इसी एरिया इसी एरिया के अंदर हमने सात हाथी देखे थे बहुत पहले सात हाथी में चार हाथी तो ऐसे थे जिनके बहुत बड़े बड़े दांत थे और तीन ऐसे थे जो छोटे थे लेकिन हाथी के सामना हाथी के सामने जाना अपने आप को मुश्किल में डालना है इसलिए हम हमने थोड़ा सा दूर से ही देखा था उसको क्या करते उसके पास थोड़ी जाना था हमें तो ये व्लॉग बनाने का मेन मकसद यही है मेरा पहला ब्लॉग है और अभी इतना अच्छा तो बन नहीं पाएगा लेकिन बनाने की पूरी कोशिश करिए करी गई कि हम अच्छे से अच्छा ब्लॉग बनाएँ और आपके सामने ब्लॉग लेके आए हैं हम पूरा अभी आज हम सुबह ही निकले हैं जंगल की ओर और, और ये जंगल काफ़ी घना माना जाता है काफ़ी घना जंगल है ये और जंगल में मैं आपको दिखा दूं, काफ़ी तरीके के पेड़ वेड़ वगैरह दिख रहे हैं जैसे ये सागवान का पेड़ है ये सागवान की लकड़ी होती है ये सागवान की लकड़ी होती, होती है बहुत मजबूत लकड़ी होती है ये इसी से अधिकतर फर्नीचर वगैरह ज़्यादातर बनाया जाता है और आगे भी ये ये पूरी की पूरी लॉट जो है ये सागवान की है यह पूरी की पूरी लॉट सागवान की दिख रही है आपको इस लॉट से जब ये जंगल का सरकारी कटान होता है तब यहाँ से इस जंगल से अंदर से लकड़ियों के गाड़ियों के द्वारा ढुलान किया जाता है लकड़ी का अभी कुछ दिन बाद जंगल शुरू होने वाला है जिससे लकड़ियाँ अंदर जंगल से जो कट कटान हो गया होगा वो कट के अंदर से बाहर को आने वाली है वो उसके बाद जो डिपोज होते हैं गवर्नमेंट के उसमें जाती है बिकने के लिए वो तो मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये इस जंगल में हम जितना भी अंदर जाते रहेंगे ना इस जंगल में हम जितना भी अंदर जाते रहेंगे उतना ही ये जंगल जो है बड़ा ही रहेगा बड़ा रहेगा इसमें ये है कि आपके पाँव थक जाएंगे चलते चलते लेकिन ये जंगल कभी ख़त्म नहीं होने वाला ये जंगल इतना बड़ा है और ये जंगल जो है काफ़ी काफ़ी पुराना भी है यहाँ के टाइम से काफ़ी आबादी भी है यहाँ पर आसपास में और जंगल में आने का हर किसी को इतना टाइम नहीं मिल पाता है लड़के आते हैं खेलने के लिए ज़्यादातर और घूमने फिरने का तो इतना टाइम है नहीं किसी के पास लेकिन अभी यह जंगल में बहुत से लोग आते हैं घूमने जैसे आज हम निकल आए आ, जस्ट एंटरटेनमेंट के तौर पर ब्लॉग बनाने के लिए हम निकल आए आज हम तो कोशिश ये कर रहे हैं कि आज अच्छा ब्लॉग बन जाए अच्छे से हम व्लॉग आपको दिखा दें और हम तो यही जाएंगे और जितना भी हो सकता है हमसे हम आगे ज़्यादा से ज़्यादा इतना बढ़िया व्लॉग लेकर आएंगे तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करेंगे मेरा यूट्यूब चैनल है रेहान व्लॉग नेशन व्लॉग रेहान नेशन व्लॉग रेहान के नाम से आप जितना हो सकता है उतना हमें सपोर्ट करिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और प्लीज़ बेलैकन ज़रूर दबाइएगा और मैं बताते रहता हूँ आपको ये जो जंगल है और ये जंगल में ये हमज़ा हमज़ा पहली बार आया है इसको हम पहली बार ले आए हैं तो थोड़ा सा डर रहा है <laughs> ये इसीलिए मेरे पास पास घूम रहा है कहीं हटके नहीं जा रहा है ये थोड़ा सा पास में इसीलिए है कि चाचा के साथ रहूँगा तो सही रहेगा अकेले में थोड़ा सा डर रहा है ना ये बच्चा टाइप का पहली बार घर से निकला पढ़ने वाला बच्चा है और हम हाँ आ गए हैं ये ये है शायद ये वो पेड़ है जो हाथी खाते हैं ये वो पेड़ है जो ये वो पेड़ है जो हाथी खाते हैं ज़्यादातर खाते है क्योंकि हाथी को खाने में मीठा लगता है ये पेड़ तो इसलिए हाथी इसको इसको खाना ज़्यादा पसंद करते हैं इसको तो रोनी का पेड़ बोलते हैं ये पेड़ उसको मीठा लगता है तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी ये ब्लॉग हमारा अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको आगे भी अच्छी अच्छी व्लॉग बनाकर देते रहेंगे तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा हमारे व्लॉग को सपोर्ट करें और जितना हो सके उतना ज़्यादा ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ओके ठीक है जय भारत जय हिंद